नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 9 अक्टूबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतित विवाहित सर्व मांगल्य यात्रायाचरें जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित तो शास्त्र भी कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए विक्रम संबत् दो तक संबत् उन्नीस आज जो तिथि रहेगी दर्शकों यह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस समय जो संवत्सर चल रहा है यह परिधावी नामक संवत्सर चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छे बजकर छह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर इकतालीस मिनट पर दर्शकों नक्षत्र जो रहेगा ये रहेगा धनिष्ठा इसके उपरांत दिशा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा विष्टि इसके उपरांत बब करण पूर्ण रात्रि तक रहेगा योग रहेगा सूल इसके उपरांत गण्य योग रहेगा बुधवार दिन रहेगा और उत्तर दिशा की ओर दिशा शूल रहेगा उत्तर दिशा की ओर यात्रा आप लोगों को करने से बचना रहेगा यदि आपको यात्रा करनी पड़ किसी कारणवश तो कोशिश कीजिएगा कि इलायची का पिस्ते का धनिया का सेवन करके तब आप लोग यात्रा करिए और पहले पूर्व में दक्षिण की तरफ आप लोग चार पक्ष चलिए तदउपरांत उत्तर की ओर आपको चलना रहेगा एकादशी तिथि के बारे में दर्शकों हमने आपको बताया था कि एकादशी तिथि में चावल और दाल का सेवन नहीं करना चाहिए अन्यथा जो योनि प्राप्त होती है मृत्यु के उपरान्त ये फिर जो है मनुष्य योनि नहीं प्राप्त होगी लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो सेम का फल होता है सेम का भी सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन ये हमारे शास्त्रों में दर्शकों लिखा हुआ है राहु काल की बात कर लेते हैं तो राहु काल जो है बुधवार का रहता है सुबह ग्यारह बजकर तिरपन मिनट से एक बजकर बीस मिनट तक की और शुभ कार्यों को यदि करना हो तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक बजकर उनचास मिनट दोपहर से लेकर के दो बजकर छब्बीस छत्तीस मिनट तक की आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब हम चलते हैं राशिफल पर कि जो है आज की मेष से लेकर के मीन राशि क्या कुछ कहती है लेकिन दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता दें कि 18 और 19 तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो दर्शक दिल्ली से हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं मिल करके करवा सकते हैं एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों जो चंद्रदेव चलायमान रहेंगे नौ बजकर बयालीस मिनट तक की सुबह मकर राशि में रहेंगे इसके उपरांत कुंभ राशि में रहेंगे और जो सूर्य राशि रहेगी ये कन्या राशि रहेगी तो मेष राशि के जातकों आज आपका दिन अच्छा रहेगा करियर में तरक्की के नए रास्ते नए आयाम खुलेंगे आज हर जगह आपकी प्रशंसा होगी प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा घर वालों का पूरा पूरा आपको साथ मिलेगा किसी पुराने दोस्त से आज मुलाकात हो सकती है समाज में आज आपकी मान और पहचान बढ़ेगी कुल मिलाकर के आज आपकी कलात्मक क्षमता का विकास होगा कोशिश कीजिएगा कि आज पक्षियों को आप बाजरा डालिए कबूतरों को बाजरा डालिए तो अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा का तो ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे चैनल पर विजिट की सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दर्शकों जाते जाते आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि 18, 19 तारीख को आप लोग मिलकर के आपके जीवन में क्या चल रहा है उससे संबंधित उपाय क्या है वो आप जान सकते हैं दिल्ली से हैं आसपास के क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर आके मिल सकते हैं दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार